लड़की सब में ये भावना ज्यादा होती है आप किसी लड़का को कह दीजिए भागे कोई लड़का है उसको कोई काम आपसे आप बोला कि मेरा यह काम कर दो ना, आप मना कर देंगे तो चला जाएगा कहेगा बड़ी मना कर दिया नहीं किया। कोई लड़की कहेगी मेरा ये वाला फॉर्म भर दो ना मना या ये काम कर दो आप मना कर देंगे ईगो हमको मना किया हमको मना कर दिया बता हमको मना कर दिया स्पेशल है तोरा मना कर दिया ये नेचुरल फीलिंग है उनकी उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारा बात नहीं काट सकती और अगर कोई काट दिया वो भाई और तुमको काट दिया तुम्हारी ब्यूटी किस काम की आगे बढ़े आप लोग को बुरा नहीं लगता होगा चले कोई बात नहीं तब तो अगर बुरा नहीं लगता है तो फिर हमको बोलने में क्या जाता है आगे बढ़ते हम बेरोजगार से शादी करेंगे इतना दिन गिर गया अरे ओकरा से बिया करेंगे लात मारो ना ओकरा कुआरे बैठ जाराज के बेरोजगार से बिया न करेंगे तो करा देना लोग करिए कि ठीक तो है अगर वो लड़की का पूरा घर द्वार संभालेगा तो बेरोजगार से बिया कर दिया जाएगा देखो ये जो जॉब वाला बोले ये रियलिटी भी है और देखो भाई जिसको भी जॉब लग जाता है अच्छे से सबको रखना चाहिए और लड़की मेहनत से जॉब ली है तो फिर को बेरोजगार से बिया करेगी सुनो ना लड़का लोग को कहते है ना सुनो लड़का लोग से कहते हैं तुम लड़का भी आ करना बेरोजगार लड़की से ठीक है जितना उस साल भर में तुम्हारे परिवार के लिए काम कर देगी और जितनी सिक्योरिटी के हिसाब से उतना तुम किसी नौकरानी को रख के करा लियो तुम्हारा पूरा सैलरी चल जाएगा गारंटी बताते सुनो बता सुनो ध्यान से बात समझो हे बैल कहीं का बिना मतलब चाय के दुकान वाला बांस करने लगता है स्टैंडर्ड की बात बोला करो विदाउट स्टैंडर्ड हमको कोई बात अच्छा नहीं लगता